और भाई क्या हाल चाल तो भाई हम बात करेंगे उस शो के बारे में जिस शो में एक पड़ोसी अपने पड़ोस को उड़ाने के फ्रैक में रहता है नहीं भाई वो भाभी जी नहीं है वो है जूठा लाल चश्मा सही हैं अब तारक सिर्फ नाम का है वो भी लास्ट में आता है शो में क्या चल रहा है वो बताने के लिए सारा शो तो चाली चापेन के दूर के मोसेरे के भाई के ऊपर है यह शो इंडिया का लॉन्ग रन शो है बंटी पता है कैसे इस शो के अंदर वो होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है वो ऐसे रुकते सबसे पहले लगा उसके बाद अपनी देखो इस शो में वक्त के साथ एवोल्यूशन आया जहाँ लोगों के रिश्तों में समय के बाद दूरियां आती है इस शो में पहले छोटी छोटी बात पे लड़ा करते थे अब कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखाते है किसका हाँ कुत्ते का नाम पूरी दुनिया रखती है तो पर उन्होंने मेरा इस शोध के अंदर पहले जेठालाल पूरे सोसाइटी ऐसी अकेले लड़ता था जैसे हर मोहल्ले में एक आंटी होती है हो जो पूरे मोहल्ले ऐसी लड़ती है और बिना बात के यहाँ पे बोल रहा है देखो इस शोक के अंदर सारी प्रॉब्लम जो लाल के साथ होती हैं। इसके ऊपर तो क्या कर हैं? तो ये सब क्या फुटेज खाने के लिए आते हैं नहीं, चलो लड़ने के लिए। पंटी तेरे बंटी तुरता है ये शोक कितना रेसिस्ट है? अरे भी। नहीं सच्ची दिखाऊ दिखा। ये देख जी लाल की दुकान है वो गुजराती है और गुजराती लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं भाई सोडी माना पंजाबी कनाडा जाके टैक्सी चलाते हैं पर ये क्या यार इंडिया के अंदर अच्छे से अच्छे बिजनेस भी कर सकते हैं पर नहीं इस शॉप के अंदर भी उसे गैरेज का मालिक दिखा है और तो सोसाइटी का पर्सनल ड्राइवर भी जब भी किसी को जाना होता है तो वो सोडी से कहते हैं भैया बन जाए हमारा ड्राइवर और सोडी बन जाता है और पता नहीं अब्दुल तो इनके बाप का नौकर है जैसे की सोसाइटी में कुछ भी काम करना अब्दुल ऐसी कह देती है सुबह पानी की टंकी भरनी हो या कुछ सोसाइटी में डेकोरेशन सब अब्दुल करता है एक समय तो पता नहीं चल पाता है की अब्दुल सोक सोसाइटी का या बीड़े पता है नहीं चलता अब्दुल रहता का है जब भी रात को तो अब्दुल मुझे लगता है ना सोसाइटी की भारी बीड़ी फूकते सोता रहता हो और जब आवाज मारते हैं अभी ये सब नहीं कहना होता पागल हर घर में एक बड़ा बुजुर्ग होता है जैसे सोमे भी है पर फर्क ये है नॉर्मल घरों में बड़े बुजुर्ग की बात को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे समय सरकार किसानों कर रही है पर सो में झूठे के बापू उनकी बात पूरी सोसाइटी मानती है उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर और उनकी बात सुनकर तो भाई बड़े बड़े डॉन भी जुलम छोड़ देता है हाँ, मेरे ने एक कौन से बेटा छोड़ दो। तो क्या उसने जुलम छोड़ दिया था तो क्या हुआ तेरा खानदान एकदम अजीब होती देखो इस शो में वक्त के साथ बहुत बदलाव आए पर इन दोनों के घर में कोई बदलाव नहीं है। तारक को नई आए अबे बीवी तो नहीं मिलगी पर औलाद तो नहीं मिली पर तारक का चलता है क्योंकि लेखक पेन ही ला सकता है अपना ल... अबे पूरी बात सुन मतलब अपनी लुगाई नहीं जिससे उसे औलाद मिलेगी अब तारक का समझ में आता है वो सिर्फ पेन ही ला सकता पर ये साइंटिस्ट अपनी बीवी के साथ एक्सपेरिमेंट करके खाले पीले तो निकाल सकता है अबे जैसे लाल पीले वैसे इनके काले पीले अरे हर चीज नहीं होती है कुछ इंसान के अंदरूनी कमजोरिया भी होती है मतलब ये मर्दाना ताकत नहीं शरीर में शक्ति कम कोई तो प्रॉब्लम हो? सही कह रहा है। इस साइंटिस्ट ने 10 साल की अंदर सोसाइटी में हॉट बीवी रखने के बावजूद भी इसकी एक बोल आदमी हो पाई और ये देखकर बबीता जी भी जेठा लाल ऐसी मृत लगा बैठी है कि भैया देखो अयर से कुछ हो नहीं पाएगा कि जेठा लाल ही कुछ कर दे। तभी देखना है जेठा जी को प्यार से जेठा जी बोलती है और अयर को अयर देख इस शो में भी जब कंटेंट की कमी हो जाती है जब इस शो के वर्जन के ऊपर शो को घुमाते रहते हैं पोपर लाल और कौन पता नहीं चल रहा है दस साल के अंदर इसके दस बार रस्ते आ चुके हैं और दसों बार इसकी शादी टूट चुकी है और बेचारे बार बार खड़े वक्त मतलब खड़े उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं इस शो के अंदर अब तो टपू भी शादी की उम्र का हो चुका है पर पोपर की शादी अभी तक नहीं हुई होने थे भाई देख इस सोने ने से ऐसी लेके अब तक हमारा साथ दिया और आगे भी दिखता रहे बढ़िया है और देखते हैं इस शो के अंदर आगे जाके और बबीता की सेटिंग हो पाएगी क्या तारक मेहता ग्यारह बच्चों का बाप बन पाएगा भिड़े की लड़की ऐसी शादी की हो पाएगी या नहीं देखते हैं अगला कार्यक्रम टन टन टन, टन। बस बार वीडियो पसंद आई तो जो, जो करना कर देना भाई मुझे नहीं पता मिलेगा में धन्यवाद तो